शॉपिंग चले शोपिंग नहीं मैं तो सोया अरे नहीं ये क्या हुआ सोया सॉस भी खत्म हो गया है ये तो बहुत ही बुरा हुआ आज तो खाने में मज़ा ही नहीं आएगा अरे हाँ मैं शिनचैन को बाजार भेज सकती हूँ वो इससे पहले कभी बाजार नहीं गया है उसको तो वाकई बहुत मजा आएगा शिनचैन क्या बात है मौ? जरा इधर आना अभी नहीं आ सकता हूँ मैं अभी बिजी हूँ मुझे इसे किसी भी तरह बाजार जाने के लिए राजी करना ही होगा क्या तुम बिजी हो हाँ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो तो आके देख लीजिए ना। आ, ये भी ना। मैं तुम इसे समझा समझा कर थक गयी हूँ बिजी हूँ हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ पर क्या तुम बाजार जा सकते हो आज तुम्हारे पापा के कुछ खास दोस्त आ रहे हैं खाने पर, इसलिए मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ और इस वजह ऐसी मैं बाजार नहीं जा पाऊँगी इसलिए सिंचाइन में चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो क्या तुम बाजार जाकर थोड़ा सामान ला सकते हो ठीक है समझ गया अरे तुम्हें मालूम भी है कि क्या लेकर आना है, है माम। बाजार से लेके आने प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं ध्यान से सुनो तुम्हें लेकर आना है सोया चाप और गाजर मुझे तो कर ना। अरे बेटा डोट नहीं नोट करना समझे तुम तो? ठीक है अरे तुम बाएं हाथ से कब से लिखने लगे? अरे मुझे तो इस हाथ से लिखना था ठीक है अब सबसे पहले लिखो सोया चाप कैसे लिखा जाता है आ, सोया चाप सी ऐसी शुरू नहीं होता ना मैं लिख देती हूँ सोया चापर <laughs> तुम हंस क्यों रहे हो? होता है जैसे कोई कचुआ सिं मैंने सब कुछ लिख दिया तुम जल्दी आना गुड मॉर्निंग अंकल गुड मॉर्निंग कितना प्यारा बच्चा है मुझे सोया चाप चाहिए न, हमारे यहाँ सोया चाप नहीं मिलती बेटे अच्छा तो फिर बटर दे दीजिए हम हाँ बटर भी नहीं रखते बेटे तो फिर सोया सॉस तो होगा ना नहीं सोया भी नहीं है। लगता है लगता दुकान में कुछ भी नहीं मिलता क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये मछली की दुकान है क्या चाहिए बेटे? मुझे सोया चाप चाहिए लेकिन तुम्हें तो कितना चाहिए ये तो बताओ आ, आप मुझे दो तीन पीस दे दीजिए <laughs> क्या माम नहीं बताया कितनी सोया चाप लेकर आनी है माम तो नहीं बताया आ, आ, आ, आ, आ, तुम्हें याद आ गया ना बताओ कितनी तू नहीं याद आया। आ, आ, आ, आ, आ, आ, समझ नहीं आता कि क्या करूं? ऐसा करे बेटा तुम्हारे घर पर फोन करके पूछे तो बताओ तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है लगभग सारी डिशेस बन गई हैं। सिर्फ सोया चाप और गाजर का इंतजार है welcome back. आ, welcome back, नहीं बोलो। I am back. आ, आ, ए, बेटा तुम क्यों रहे हो? टेलीफोन नंबर क्या है? क्या कहा तुमने टेलीफोन नंबर ठीक है सिंचन मम्मा बाजार जा रही है तुम घर का ठीक से ध्यान रखना समझे और आप सेल वाली जगह से शॉपिंग मत करना ओ, ओ, देखो मैंने तुम्हें जितना कहा है तुम है देख, ये सब मेहमानों के लिए ओ, कोई बात नहीं आज मेरे दोस्त नहीं आ रहे हैं इसलिए हम लोग बिना किसी का इंतजार किए खा लें बेटा ठीक है सच में बहुत ही बढ़िया खाना है ना न हाँ, बहुत ही अच्छा है अच्छा ये बताओ आज तुमने क्या क्या किया बेटा आज मैं शॉपिंग करने गया था वाह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना ही होगा जाकर ये सब बनाना भी है